नहीं वो तो नहीं चले नहीं वो चले नहीं अभी पहली खड़ा तो कर ली खड़े वाले बना को ऊपर ऐसे हाँ सुनना कर ऐसे लगान ऐसे भरोसा दी देखा देख जी